हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क हार्ट गेमिंग तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक नया ट्रिक फायरविन का जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है तो ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि अगर आपने स्किप करा तो बाद में पछता लगते हैं तो इस गेम को आप इस एप्लीकेशन से भी स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन मैं राय दूँगा कि आप क्रोम में इस्टार्ट करें तो जो इस एप्स एप्लीकेशन का लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहाँ से जाके आप इस ऐप को ओपन कर सकते हैं तो जब आप इस ऐप को ओपन करें कुछ ऐसा डिस्प्ले शो करेगा जिसमें आप नीचे अगर आपने रजिस्टर नहीं कर रखा होगा तो रजिस्टर कर सकते हैं और रजिस्टर कर रखा होगा तो लॉगिन कर सकते हैं तो मैं दिखा देता हूं कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा ये रजिस्ट्रेशन यहां पे करने के लिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा उसके बाद ओ आएगा आपके पास वो उस ओ को आप यहाँ पर डाल देंगे इनपुट वेरिफिकेशन जो आ रहा है ये उसके बाद आपको एक पासवर्ड डालना है जो आपको याद रहा इजी उसके बाद आप कर सकते हैं रजिस्टर तो मैं आइए लॉग इन कर लेता हूँ उसके बाद मिलता हूँ मैं आपसे तो देखिए दोस्तों कि ये जो ट्रिक है ये कितने कमाल का होने वाला है तो वेट एंड वॉच तो जब आप इस ऐप को लॉगिन कर लेंगे तो कुछ ऐसा डिस्प्ले शो करेगा जो उसके बाद उसमें जो है टास्क का ऑप्शन आता है जिसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट डिफरें टास्क करने से ऐसे मिलते हैं जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे दो रुपये मिला, मिला इसका पाँच मिला है इसका पाँच मिला है तो ऐसे ही टास्क आते रहते हैं जो कि आपको कंप्लीट करना पड़ता है उसके बाद आपको पैसे मिलते हैं तो देख सकते हैं आपके पास आपकी मेरे पास ज़ीरो पॉइंट फाइव थ्री पैसे हैं अभी तो मैं थोड़ा रिचार्ज कर लेता हूं मैं आपको दिखा भी देता हूं कि रिचार्ज कैसे करता है तो मिनिमम रिचार्ज कर सकते हैं आप ट्वेंटी रुपीज़ का तो यहां पे मैं कर लेता हूँ फ़ोनपे से तो ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर पे, पे का ऑप्शन आ रहा है ये इसे आप कॉपी करके अपने फ़ोनपे में पेस्ट करना पड़ता है तो मैं फ़ोनपे को ओपन कर लेता हूँ ये मैंने कर लिया है ओपन अब यहाँ पर मैं जाके पेस्ट करूँगा और उसे बीस रुपये का पेमेंट सॉरी रिचार्ज हो गया मैं करूँगा तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ एक बार यहाँ हम इसे पेस्ट कर देते हैं पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं बीस रुपये एंटर करूँगा उससे पहले चेक कर लेता हूँ कि आईडी डी सही है नहीं तो अगर आपने आई नहीं कॉपी करी हो तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं साइड में कॉपी का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते यहाँ से सिंपल आपको तो कॉपी कर लेना है कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना तो पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने जैसे गलती भी मत करना कि यहाँ पे बीस रुपये रखा है तो आप बीस रुपये पे करेंगे उसे तो पे करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूँ ये हो गई हमारी पेमेंट डन तो उसके बाद ये जो आप देख सकते हैं कि व्यू डिटेल्स आप यहाँ पर जाएँगे व्यू डिटेल्स में क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएगा कुछ ऐसा यहाँ से इसका ले लेंगे आप स्क्रीन स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहां पे इसे पेस्ट करना है अपलोड ना होगा ऑप्शन में जाके फाइल में जाके आपको पेस्ट कर देना है जो स्क्रीनशॉट आपका होगा जैसे सिंपल से यहां पे पेस्ट कर देना है तो यहां पे जो होता है ये कुछ ऐसा पेस्ट हो जाएगा उसके बाद आपको को टाइमर नीचे दिख रहा होगा आपको ये टाइमर जो है ये चालू हो जाएगा तो कुछ सेकेंड्स बाद ही आपको यह देखोगे सॉरी सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आप उसके बाद खेल सकते हैं तो यहाँ पर आपको अब आप शो कर रहा हो कि मेरा बीस रुपये का रिचार्ज हो चुका है यहाँ पे बीस रुपये आ चुका है तो ये जो ट्रिक है ये है माइंड स्वीपर का तो मैं इस ट्रिक में आपको बताने वाला हूँ कि माइंड स्वीपर में कैसे विन कर सकते हैं ये स्टार्ट करते हैं उससे पहले आपको जो है यहाँ पे एवरस ऑर्डर जो आप देख रहे हैं ये आपको पूरा करना पड़ेगा सर पूरा नहीं करना पड़ेगा जब तक आपको विजिबल नहीं हो जाता जब तक आपको आप ये गेम खेल नहीं सकते ये क्योंकि जो मेन है वो ये ही है एवरिवेंस ऑर्डर तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो है ये खेल सकते हैं और कैसे विन कर सकते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये नंबर्स पे डिपेंड करता है और ये अमाउंट जो होता है उस पर डिपेंड करता है तो मैं आपको दिखाता हूँ बीस का लगा के देखिए यहाँ पर मैंने बीस लगा दिया है और नीचे मैं देखूँगा कि किस नंबर पे सबसे ज़्यादा जो है अमाउंट आ रहा है जिस नंबर पे भी सबसे ज़्यादा अमाउंट आएगा मैं उस नंबर पे लगाऊंगा तब जाके हम विन करेंगे तो मैं दिखाता हूँ कि अब किस नंबर पे सबसे ज़्यादा नंबर आता है उसके बाद मैं लगा के दिखाऊंगा आपको तो वेट करिए थोड़ा ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा काम होने वाला है तो प्लीज़ स्किप मत करिएगा इसे तो आप देखते हैं कि किस नंबर पे सबसे ज़्यादा अमाउंट आता है तो उसी नंबर पे हम माइनिंग करेंगे तो देखते हैं फ्रेंड्स ये जो गेम है थोड़ा पेशेंस का है तो देखते हैं देखिए आप देख सकते हैं कि 12 पे आया टू अमाउंट तो हम 12 पे ही माइनिंग करेंगे तो देखते हैं ये देखिए जब मैंने माइनिंग करा तो हमें उन्नीस मिले हैं देख सकते हैं आप अपनी आंखों से लाइव खेल के दिखा रहा हूं ताकि आपको ट्रिक इस ट्रिक पे विश्वास हो थोड़ा तो अब आगे देखते हैं कि कौन सा ज़्यादा सबसे ज़्यादा अमाउंट आता है फिर हम उस पे लगाएंगे तो ये देख सकते हैं तेरह आया है तेरह तेरह आया, तेरा आया क्या एक मिनट में देख लेता हूं कंफ्यूजन में था सॉरी सॉरी नहीं आया तो अब हम वेट करेंगे फिर से दोबारा कि किस नंबर पर आता है तो जो भी नंबर पर आएगा सबसे ज़्यादा अमाउंट हम इस पर माइनिंग करना चालू करेंगे ताकि हमें लॉस ना हो क्योंकि घाटा में तो सबके दिल धक धक करने लग जाता तो हम देखेंगे कि किस नंबर पर सबसे ज़्यादा अमाउंट आता है तो थोड़ी देर वेट करते हैं और देखते हैं तो आप देख सकते हैं 11 पे 579 आया बहुत ही बड़ा अमाउंट है तो हम इस पे लगाएंगे अब सॉरी तो माइनिंग करेंगे अब इस पे तो देख सकते हैं कि मेरा बॉम्ब नहीं आया फिर से और मैं इक्कीस रुपये बोनस में चल रहा हूं अभी और यहां पे जो है एक और नंबर आया था मेरा तो मैंने उस पे भी लगा दिया है 12 पे सेवन अमाउंट आया तो मैंने उस पर भी लगा दिया देख सकते हैं फिर अब मेरा हो सकता है बाईस रुपये बोनस तब तो हम आगे देखेंगे मैं आपको तीन चार स्टेप खेल के दिखाऊंगा इसमें <coughs> ताकि हम जीतें और बम आता है या नहीं आता है ये आप खुद अपने आँखों से देख सकते हैं क्योंकि मैं लाइव खेल के दिखाऊँ तो देखिए दोस्तों कि सबसे ज़्यादा अमाउंट किस नंबर पर आता है तो यहाँ पे जो आया 11 पे 115 तो मैंने शायद लगा रखा है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 9 पे शायद सही है देखो आ चुका है कभी कभार तो कभी बैठ जाता है वैसे अगर 9 पे लगाना खतरनाक था आप देख सकते हैं चार पे आया एक सौ तेईस कुछ आ जाता है सब मैंने देखा नहीं लेकिन मैंने माइनिंग कर दी लेकिन एक से ज़्यादा ऊपर आया था तो देख सकते हैं आप यहाँ पर मेरा बोनस जो चल रहा है वो ट्वेंटी का है तो अब मैं एक दो और बार और माइनिंग करूँगा उसके बाद हम स्टॉप करेंगे इस गेम को फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितना रुपये जीता है इसमें तो आइए एक दो और कर लेते हैं उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको ये देख रहे हैं आप छः पे आया है फिर से बहुत ही बड़ा अमाउंट तो मैंने छः पे दोबारा कर दिया तो ट्वेंटी हो चुका है यहाँ पर मेरा अब मैं एक और खेलूँगा फिर आपको दिखाता हूँ स्टॉप करके कि मैंने कितना जीता है या फिर नहीं देते हैं मैं आपको इस्टॉप करके ही दिखा देता हूं कि ये जो 29 बोनस मिला है मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा लेकिन मिलेगा मुझे इतना तो पता है लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा बम एक बार भी नहीं आया था जो बम था वो यहाँ पे आया है तो आप देख सकते हैं ये ट्रिक बहुत ही कमाल का है मैं चाहूँगा कि आप एक ट्रिक ये ट्रिक जो है एक बार ज़रूर अपनाएँ हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी लाइक करना सॉरी फॉलो करना ना बोलें क्योंकि अब हम करेंगे इसमें लाइव प्रडिक्शन जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने एक बार रेड बताया था तो ये जो था ये तीन मिनट या दो मिनट जो भी होता है वो फास्ट पैरिटी वाला वो उसका प्रडिक्शन था तो रेड आया बताया था मैंने तो रेड आया तो हम बन गए विनर फिर रेड एक बार और बताया था तो फिर विनर फिर ग्रीन आया तो लॉस में थे फिर ग्रीन आया विनर फिर ग्रीन लॉस फिर ग्रीन विनर <tos> फिर देखते हैं आगे तो रेड विनर रेड विनर रेड विनर, विनर ग्रीन विनर ग्रीन विनर तो ये जो है लाइव प्रडिक्शन होती है तो इस वजह से आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं इसमें लाइव प्रडिक्शन आता है हर दिन खेलते हैं तो फॉलो ज़रूर करिएगा और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो करिएगा तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही थैंक यू